म सर राम राम मताऊ बनाऊ सबना राम राम प्रकाश स्टोर की ओर कर से प्रकाश विजय की ओर से आप लोग को मारो चैनल पर बड़े स्वागत है है ना मो आप को नई नई डिजाइन आकर अभी डांडे आ रहा से डिजाइन की ड्रेस लेकर आई छूँ चोला चू, चोली घाघरा चोली लेके कर आई थी देखो पसंद आवे तो लाइक और कमेंट और सब इसका इसके एक मटरी और नई नई डिजाइन वहाँ पर वर्क बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट प्रिंटेड वर्क वर्क छो भी आपना कांच वर्क भी साड़ी और चोली पर भी और उस पर भी आप ना लहंगा पर भी उड़नी पर भी छापना देखो कितना सारो अच्छा अच्छा वर्क हो रहे कितना अच्छी ला रही है फूतरा लाओ आप और आप हाँ और देखो कितने और आप जाकर जल्दी जल्दी खरीद लो कहीं पर भी सत्तर हज़ार रुपये से लेकर पंद्रह सोलह सौ सो, सो तक की ड्रेसा चाहिए और यह सिल्क में कॉटन में है और बटर सिल्क में इनमें ही ड्रेसा चे और देखो चुन चुनरियाँ भी चे है ना सिफोन में इनमें है वर्क वाली भी है कॉटन में वर्क वाली भी है कितनी प्यारी प्यारी देखो आपने चुनरी भी दिखाई चाहिए आप ना देखो इनमें वर्क कितना प्यारा हो रहा है देखो चुनरी पर कितना अच्छा वर्क हो जाए फूंदा भी लाग रहा था और बहुत ही सुंदर सुंदर था कि और चोली पर भी वर्क हो मतलब सब पर वर्क हो अच्छे अच्छे अच्छे अच्छा और आपने अच्छी लाग तो हमारा चैनल ने लाइक और कर दीजिए और कमेंट बहुत अच्छे से कर दीजिए कि मैंने पता चला कि हाँ हमारा फ्रेंड आने बहुत अच्छी लाग रही छे तो मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लेके आऊँ और थाना लोगों आना बताऊँ कि भाई ये ये प्रोडक्ट पर ये ये चीज और ये किस किसोच है देखो तो कितना काँस का वर्क किस पे पत्ती का वर्क कितना अच्छा लग रहा है अब देखो आप तो लान अब डांडिया के लिए आपने तैयार तो होनी पड़ो तो लानी तो पड़ेगी ड्रेसा इसलिए मुझे ये ड्रेसा लाए जो पसंद आवा तुम्हारा चैनल वो भी कर दे सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो मैं और ड्रेस लाती रहूँगी और आभार से ना मैं एक और ड्रेस ला पा रही थूँ गर्ल्स का ले मतलब छोरियाँ का ले क्योंकि आज नई डिजाइनिंग इनकी चल रही है धोता कुर्ती वो वाली लेके आना आभारी ही वो भी बहुत सुंदर से हूँ मैं भी एम्ब्रॉयडरी देखो ये मैं अच्छी एम्ब्रॉयडरी की कांच की भी ये पत्तियों की फुल वर्क हो रहा है और है ना चेन वर्क हो रहा है देखो देखो जाली वर्क हो रहा है कितना प्यारा वर्क हो रहा है आप लोग तो जाना जो तो ऐसे करो जल्दी से जाओ बाजार और जाके लेके आओ और इतना इतना सपाइसी और ये अच्छी अच्छी चाहिए और कपड़ों भी बहुत सुंदर से क्वालिटी भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी आजकल है ना और आप ना पसंद आवे तो माना जो ना प्रोत्साहित करिए कि और बनाऊँ